हेलो दोस्तों तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ हमारे राजस्थान के जो चार ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं उन ज़िलों के संस्थापक कौन है और उनकी स्थापना कब हुई थी और पाकिस्तान के साथ ये जिले हैं ये कितनी सीमा बनाते हैं तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका ऊपर ही ऊपर आ जाएगा गंगानगर श्री गंगानगर श्री गंगा नगर श्री गंगानगर गंगा तो गंगानगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गंगा सिंह ने गंगा गंगा सिंह ने की थी गंगा सिंह ने की थी गंगा सिंह को आधुनिक भारत का गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भी कहा जाता है भागित भी कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीर्थ भी कहा जाता है गंगा सिंह को ठीक है फिर आपका आता है बीकानेर बीकानेर बीकानेर बीकानेर आता है और एक आपका आता है जोधपुर इनको दोनों को साथ में ले लेते हैं जोधपुर को भी साथ में ले लेते हैं जोधपुर जोधपुर की स्थापना किसने की थी तो ये की थी राव जोधा ने राव जोधा ने और बीकानेर की स्थापना किसने की थी राव जोधा राव जोधा का पांचवा पुत्र राव जोधा के पांचवे पुत्र ने राव जोधा के पांचवे पुत्र ने जिसका नाम था राव बीका राव बीका ने की थी किसने की थी राव बीका ने की थी राव बीका ने की थी राव बिक्का ने बिकानेर शहर की जो स्थापना की थी वो चौदह सौ अट्ठासी ईस्वी में की थी चौदह सौ अट्ठासी ईस्वी में और चौदह सौ पैंसठ ईस्वी में चौदह सौ पैंसठ ईस्वी में राव बिक्का ने बिका रियासत का निर्माण प्रारंभ करवाया क्या करवाया निर्माण प्रारंभ करवाया निर्माण प्रारंभ करवाया निर्माण प्रारंभ करवाया और राव जोद्धा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी किसकी की थी जोधपुर शहर की स्थापना की थी जोधपुर शहर की ये देखो ये आपका जोधपुर है इससे इस तरीके से आपका ये जो जोधपुर है ये है ये जोधपुर है और ये आपका बीकानेर हो जाएगा ये बीकानेर हो जाएगा ये श्री गंगानगर हो जाएगा ये आपका इधर जो पाकिस्तान के साथ जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो जाएगा जैसलमेर और ये हो जाएगा आपका बीकानेर ठीक है तो राव जोद्धा ने की थी जोधपुर की स्थापना कब की थी चौदह सौ उनसठ ईस्वी में यानी इसके इसके छः साल पहले इसका निर्माण तो प्रारंभ हुआ था ना इस निर्माण प्रारंभ होने से पहले छः साल पहले की थी राव जोधा ने अब यहाँ पे देखो राव जोधा राव जोधा पिता है राव जोधा पिता है किसका राव जोधा राव जोधा पिता है किसका राव बिक्का का राव बिका का पिता है राव जोदा ठीक है फिर आता है जैसलमेर तो जैसलमेर जैसलमेर की जो स्थापना की थी वो की थी बाटी राजपूत जयसल ने जयसल ने की थी कब की थी बारहवीं सदी में बारहवीं सदी में की थी ठीक है बारहवीं सदी में की थी अब है यहाँ पे बिकानेर बिकानेर बिकानेर बिकानेर की स्थापना कब की थी बारह सौ ईस्वी में किसने की थी बारड़ बारड देव ने की थी बारड देव ने बारड़ देव ने की थी अब यहाँ पे थोड़ा और जान लेते हैं यहाँ से ये यह जो ये जो सीमा लगती है ना इधर देखो ये हिंदुस्तान हमारा और ये पाकिस्तान है इधर पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है ये यहाँ से यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये यह टोटल जो है वो एक हज़ार सत्तर किलोमीटर है गंगानगर की जो सीमा गंगानगर जो पाकिस्तान की सीमा के साथ यानी ये जो सीमा ना इसको कहते हैं रेड क्लिप लाइन रेड क्लिप लाइन रेड क्लिप लाइन के नाम से जाना जाता है इस सीमा को रेड क्लिप लाइन के नाम से जाना जाता है इसको ठीक है तो ये जो लगती है ना श्री की सीमा जो लगती है वो लगती है दो किलोमीटर और बीकानेर की जो सीमा लगती है बीकानेर की बीकानेर बीकानेर की लगती है वो लगती है एक सौ अड़सठ किलोमीटर ठीक है और जैसलमेर की जो लगती है वो लगती है चार सौ चौसठ किलोमीटर और बीकानेर बाड़मेर की जो सीमा लगती है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाड़मेर था बाड़मेर यहाँ पे बाड़मेर था बीकानेर नहीं था यहाँ पे बाड़मेर की स्थापना किसने की थी बाड़देव ने की थी कब की थी बारह ईस्वी में ठीक है तो बाड़मेर जो सिम बनाता है वो बनाता दो किलोमीटर तो इनको सबको जोड़ोगे तो कितना जाएगा? एक एक आ जाएगा एक एक हजार सत्तर किलोमीटर आ जाएगा ठीक है सबसे दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं श्री गंगानगर श्री गंगानगर की स्थापना महाराणा गंगा सिंह ने की थी गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीत भी कहा जाता है फिर बीकानेर बीकानेर बीकानेर की स्थापना जो की थी और राव जोधा के पाँचवें पुत्र राव बीका की थी राव बिका की थी तब की थी 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में, में की थी और चौदह ईस्वी में बीकानेर रियासत का निर्माण प्रारंभ किया गया था ठीक है फिर आ जाएगा आपका जोधपुर जोधपुर की स्थापना किसने की थी राव जोधा ने की थी राव जोधा ने की थी राव जोधा जो थे राव बीका के पुत्र थे और कभी की थी चौदह ईस्वी में ठीक है फिर बाड़मेर बाड़मेर की स्थापना बाराण देव ने की थी बारह सौ में की थी ठीक है और जैसलमेर जैसलमेर की स्थापना भाटी राजपूत जैसल सिंह ने की थी कब की थी 1200 सौ बारहवीं सदी में सॉरी बारहवीं सदी में की थी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो लाइन है इसको रेड क्लिप लाइन के नाम से जाना जाता है और ये इसकी जो राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक किलोमीटर है एक हजार सत्तर किलोमीटर है थोड़ा और जान लेते हैं अजमेर अजमेर अजमेर जो ज़िला है इसकी स्थापना इस अजयराज ने की थी अज नहीं सॉरी अजयराज अजयराज ने की थी तब की थी ग्यारह सौ तेरह ईस्वी में ग्यारह सौ तेरह ईस्वी में ये याद रखना एक कंपटीशन में पूछा जाता है ठीक है थोड़ा सीमाओं के बारे में और रिवीजन कर लेते हैं 210 किलोमीटर लगती है किसकी श्रीगंगानगर की एक किलोमीटर लगती है बीकानेर की चार किलोमीटर लगती है जैसलमेर की और दो किलोमीटर लगती है बाड़मेर की सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की चार किलोमीटर और सबसे कम लगती है बीकानेर की न्यूनतम सीमा लगती है एक किलोमीटर तो ठीक है धन्यवाद राम राम साहब